chand si mehbooba ho meri kab aisa maine socha tha tum bilkul kaisi ho jaisa maine socha tha tananana nanana tananana nanana tananana nanana रे कदमाच रखते असाव नहीं तेरे जो दिसद नहीं तेरे ज बोर